देखो तो नॉर्वेज आई थिंक गॉड लाइक यहां पे आराम से नहीं खेलने वाले यहां पे शैडो आगे जाने की कोशिश करते थे नॉक करा जाएगा यहां पे सोमराज को एक ट्रेड फायर में जनाथन ही वांट्स टू पुश इन लेवल अगर रिवाइवल हो जाता है तो नंबर्स गेम का फायदा उनको मिलेगा बट जनाथन एक और रेड के साथ यहां पे सोमराज को खत्म करेंगे अब बारी है रश और... की प्रधान के हाथों और बीबी मोस्ट प्रोबब्ली इसी के साथ वो डन किए जाएंगे पुकार जो सामने मौजूद जरूर डे मेक्सिको भी डाउन किया जाएगा जनाथन के द्वारा बट फिलहाल के लिए अगर बात करी जाए तो फिनिशेस जनाथन तीन निकाल चुके हैं चौथा फिनिश आजो कब लोग मौजूद थे किसने डाउन देखना जरूर है चलिए वो शायद मावी थे या फिर जो थे जिन्होंने oh, oh, oh. डाउन किया ये रिप्ले तो बनता है